बाबा की शादी की चर्चा चलने लगी सब आपस में विचार करने लगे कि बहुत दिन हो गए भाई किसी की शादी नहीं मिली बोले बाबा से निवेदन किया देवताओं ने बोले बाबा बोले हम नहीं करेंगे राम जी ने खुद कहा जब ठाकुर जी ने खुद कहा राघव जी ने बात मान गए भोले बाबा तो भोले बाबा बोले कि लड़की कौन है किससे शादी करें बोले तुम चिंता मत करो जो सती ने शरीर त्यागा था वही हिमांचल राजा हिमांचल के घर पर पार्वती बनकर के प्रकट वही है बोलो पार्वती मैया की और पार्वती मैया का प्रण है महाराज क्या बर संभोता कवारी, कवारी। या तो शादी करूंगी तुमदेव नहीं तो ऐसे ही रहूंगी वर् शादी नहीं करूंगी पार्वती भैया करो शंभ होता रहो कवार के साथ पार्वती विवाह करूंगी तो महादेव के साथ नहीं तो नहीं करूंगी भोले बाबा को भी मना लिया सब देवता तैयार हो गए भोले बाबा भी तैयार हो गए शादी के लिए बड़ी मुश्किल से भोले बाबा भय तो पर बड़ी मुश्किल से भय अब शंकर जी का विवाह भोले बाबा की शादी सो शादी धीरे धीरे बारत जाने का दिन आ गया बारात जानी थी सब देवता तैयार हो रहे अपने बाहन अपने वाहन को तैयार कर रहे हैं यमराज अपने भैंसा को साफ कर रहा क्लीनिंग भैंसा को यमराज का वाहन है भैंसा लगोर लगड़े भे यमराज भैसा बोलो महाराज आज क्या कर यमराज बोले आज तुझे काले से ब्लैक से व्हाइट करके छोड़ेंगे भैसा बोलो क्यों बोले शादी में जाना है मैं बोलो हजूर हमें छोड़ो ठीक इंद्र अपने हाथी को साफ कर रहा इंद्र का वाहन है एरावत हाथी वाइट है लगे रगड़ इंद्र सब अपने अपने वाहन को तैयार कर रहे हैं वाहन को सजा रहे हैं। बोले बाबा की कोई को ध्यान ही नहीं जिसे दूल्हा बनना उसकी चिंता ही नहीं किसी को अच्छा अक्सर होता भी ऐसा है बारात में सब अपनी अपने सजते हैं दूल्हा की कोई ध्यान नहीं देता अच्छा सजते इसलिए हैं, बोले क्यों बोले सब हमें ही देखेंगे पर दिक्कत ये हो जाती है कि सजते सब हैं दिखने के लिए पर कोई किसी को नहीं देखता अपने ही को देखता रहता पूरी शादी में। हाँ कोई किसी को नहीं देखता सब अपने में देखो इसका रेड है तो हमारा व्हाइट है ये ब्लैक है यहां हम नीला पहने भी ऊपर से मेघ भी आ गए महाराज हमें भी बरात में चल ले ऊपर <laughs> से संग इंद्र भगवान आ गए घर भाई वे कह रहे हम भी चलेंगे अकेले अकेले मत चलना बागेश्वर वाले महाराज जी बारात बोलो राधे राधे राधे राधे तो सब बहनों को सजा रहे <laughs> बोले बाबा को किसी की खबर नहीं अब भोले बाबा के घर बोले बोले आज महाराज तुम्हें दूला बनना है भोले बाबा बोले बन जाए जाएंगे क्या दिक्कत है अरे बोले कैसे नहीं दिक्कत तैयार तो हो जाओ भेस में आप आपे हो इस भेस में अगर चलेगा तो कोई अपनी बेटी का विवाह तुमसे नहीं करेगा भोले बाबा बोले भाई कर दो तैयार अब तैयार कैसे किया जटा मुकूट मोरे सवारा गढ़ बोले बोले मुकुट पहनाया जाए बोले मुकुट मंगाओ आज शादी है शादी में उधार ले लिया जाता है बोले जिसके मोटरसाइकिल हो कार ना हो पर शादी के दिन दो दिन के लिए वो भी उधार ले देता है कार तो बोले अब आप भी कुछ सामान उधार मंगाओ बोले क्यों बोले तैयार होकर के जाना बोले बाबा बोले नहीं ऐसे ही ठीक है बोले क्यों बोले मंगा करके अगर शादी में दिखावा करने गए बाद में सब बराबर ही हो जाता है इसे पहले ही बराबर रहो। हमें कुछ मांगना ही नहीं तो गण बोले कि हमने सुना आपके मित्र श्री हरि विष्णु हैं बोले हैं तो, तो बोले उनसे एक मुकट ही मंगा रतन जड़त मुकुट हो बढ़िया सुंदर लगेगा बोले बाबा बोले नहीं जरूरत ही नहीं बोले क्यों बोले मुकुट पहनेंगे तो अभमान आएगा दूसरा देखेगा तो ईर्षा आएगा इसलिए उस मुकुट की जरूरत ही नहीं है जिससे किसी को अभमान आए या किसी को ईर्षा हो गए हम बिना मुकुट के ही ठीक हैं, तो बोले क्या उपाय है बोले एक काम करो हमारी जटाओं का ही मुकुट बना दो ना हमें अभिमान आएगा ना किसी को ईर्षा होगी इसलिए जटा मुकुट जटाओं का मुकुट बनाया पहला संसार का ऐसा दूल्हा होगा जिसने अपने बालों का ही मुकुट बनाया हो तो जटा मुकुट जटा का मुकुट बनाने का एक और कारण है एक कारण यह है कि जटाएं उसी की होती हैं जो मुड़ता है ध्यान दीजिएगा जटाएं उसी की बड़ी होती हैं जो मुड़ता है मुंडन जो मुड़ता है मुड़ने का मतलब ये नहीं केवल बालों से मुड़ना मुड़ने का मतलब है ग्रस्त रूपी संसार से परमात्मा की ओर मुड़ जाना ही मुड़ना और एक जने बड़ो प्यारी बात बोल रहे थे बोले के, मूर मुड़ाए तीन गुण सिरकी मिट जाए खाज खाने को बढ़िया मिले और लोग कहे महराज हाँ। एक जने बढ़िया बात कह रहे थे बोले मूल मुराए तो तीन गुण अच्छे हैं एक महात्मा बोले बोले एक, एक महात्मा को एक महात्मा मिले सुबह एकदम सफा चटरा एक में एक बार नहीं मोड़ में क्या है बाल होते ही नहीं बोले मूड़ मुड़ाए तीन गुड़ सिर की मिट जाए खाज खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज हम इसलिए मूड़ मुड़ाए तो मुड़ने का मतलब है मुड़ना केवल मुड़ मुड़ना नहीं मुड़ने का मतलब है कि एक बार मुड़ गए तो फिर लौट के संसार की तरफ नहीं गोविंद की तरफ ही मुड़े रहना है इसलिए भोले बाबा का जो मुकुट है जटा मुकुट है आही मोर अब देखिए भैया इस चौपाई में फिर देखिए मोर मोर जानते ना मोर को सहरा भी बोलते ना है? जो मोर बांधते हैं सिल पर भोले बाबा ने जो मोर बनवाया तो गणों ने कहा कि मोर कैसे बनाए बोले बनाओ एक गण बोला कि आप ही कोई उपाय बताओ भोले बाबा बोले सांपों का बनाओ तो एक गण भागता हुआ गया पतले पतले सांप ले आया हरी रे पीले लाल इकट्ठे इतने सांप लाकर के पूरे सांपों का मुंह बांध दिया अब मुंह को जटाव में भर दिया पूछ सामने से लटका दी हो गया मोर जटा मुकुट माने होता सांप यहाँ प्रश्न उठता है कि भोले बाबा ने साफों का ही मोर क्यों पहना तो एक संत ने बढ़िया जवाब दिया भोले बाबा ज्ञानी है ज्ञान भूमि है शमशान की भूमि ज्ञान भूमि में रहते भोले बाबा सबको बताना चाहते कि काल सबके मूड पे बैठा और तुम तो दूल्हा बनने के चक्कर में समय गवा रहा पहुंच जा सावधान कर रहे हैं अता होता सांप सांप का अर्थ है काल मानो भोले बाबा कहना चाहते हो कि एक दिन काल के मुंह में तो जाना ही है अब अभी तुम खुशी मना करके दिन व्यर्थ क्यों गवा रहे हो रात गवाई सोए कर दिवस गवाया खा हीरा जन्म अनमोल सो सु बदले इसलिए सांपों का मोर है कानन कुंड कानों में कुंडल है अच्छा भोले बाबा का श्रृंगार कैसा हुआ जरा देखना नंदी बोले, नंदी बोले के महाराज मुकुट नहीं है सो जटाजूट मोर नहीं है सो सांप लटका गए भोले बाबा तो कैलाश में नंगे रात बिना कपड़ा के तो गढ़ बोले महाराज अगर ऐसे जाओगे बारात में तो कोई बेटी का विवाह नहीं करेगा बोले बाबा बोले तो बोले महाराज का पहन पहन ले बोले क्या है यहां जंगल का काम कैलाश पर्वत का काम क्या पहने तो एक गढ़ बोला महाराज जिस पे आप बैठे यही बांध देते हैं भोले बाबा खड़े भय जिस बाघम्बर पर भूत भावन भोले बाबा बैठे थे उसी बाघम्बर को बांध दिया अच्छा कमर में बाघम्बर ऐसे तो टिकेगी नहीं कुछ बांधना पड़ेगा ऊपर से रस्सी वगैरह अब और तो कुछ मिला नहीं तो एक सांप लिया और सांप को कमर में बाघम्बर के ऊपर से बांध दिया और नाग से कहा कि भाई नाग तुम्हें पूरी इज्जत है हमारे भोले बाबा की तुम मत सड़क जाना वरना इज्जत सड़क जाए हाँ। नाग को कमर में बांध दिया अब कई भैया उबटन दूला का उपटन होता है बोले बाबा बोले हमारा क्या उपटन करोगे बोले एक काम करो भसम लगा देते बोले जे ठीक है। एक गण गया, शमशान से राख ले आया अब भोले बाबा के पूरे शरीर में राख मन अब भोले बाबा तैयार भय गले में नाग यज्ञोपीत भी नांग का बाघम्बर पहने ऊपर से नांग जटाओं का मुकुट नंदी से कहा नंदी एक जने बोले एक गण बोला महाराज आज के दिन कम से कम एक विमान तो मंगाओ रथ मंगा। बोले नहीं हम तो अपने नंदी पर ही बैठ कर जाएंगे अब नंदी पर बैठे बोले बाबा नीचे उतरे नीचे से ऊपर तक देखा बोले एक बात बताओ हम आज लग कैसे रहे गण बोले बाबा पूछो वत हाँ नजर ना लग जाए अद्भुत लग रहे बाबा बोले हाँ बोले हा बाबा ने डमरू ली डम, डम डम डम डम डम डम डम डम करते हुए बाबा ने डमरू डम बजाना प्रारंभ किया एक हाथ में त्रिशूल लिया नंदी और गणों ने देखा बाबा खुश है कर त्रिशूल अरु विराजा कर डमरू डमनम कर सब प्रसन्न चित है सब बड़े प्रसन्न चित नाच रहा है ताटा थैया करके सब नाच रहे झूम रहे तो जो कमर में नांग बंधा हुआ था उसने सोचा हम भी थोड़ा डांस कर करने क्या सब नाच रहे नंदी भी संगी भी भंगी भी केवल हम रह जाएंगे गले में जो नांग है वो भी डांस कर रहा कमर वाले डांग ने सोचा हम रह जाएंगे नाचने को अभी तो सब मस्त है कोई देख थोड़ी रहा और धीरे से महाराज कमर से वो नाग खिसका आई भोले की बारात बाबा भोले की बारात आई भोले की बारात आई भोले की बारात आई हुआ क्या अब वो नाग खिसका तो बाघंबर गिरी अब भोले बाबा का तमाशा खुल गया बात विचित्र ये किसी को खबर नहीं और जो नाक कमर में मजाता वो भी नाच रहा देवता भोले भोले देखें तो देवता तो भी खुश अब भोले बाबा तो मचे ही नहीं लगे इतने में नंदी का ध्यान गया कि कमर में बाघ अंबर तो है ही नहीं बाबा लंगे बात बोले मतलब बोले जो नाग था वो खिसक गया अनाग को ढूंढा गया नाग एक कोने में मिला नचते हुए नंदी ने पकड़ा बोले हमने तुमको कहा था खिसकना मत बोले महाराज थोड़ा सा नाचना आ गया था नंदी ने बरवादा बोले अब मत खिसकना आप खिसके सो खिसके वहां पर लड़की के घर के सामने मत खिसक जाना। वरन लाल जा महाराज अब नहीं मेरे बाबा की मेरे बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा की की की की की बोले बोले बोले बोले बारत अब गई बारत बारात गई तो देवताओं ने देखा बोले यार बोले बोले जी कौन है यारूलता आपस में चर्चा करने लगे बोले अगर इन दूल्हा के साथ अगर बारात लेकर गए तो जनवासे में पानी भी नहीं मिलेगा बोले क्यों? बोले क्यों ये तो बिना दुल्हनिया के वापस आएंगे भी अपन भी भूखे मरेंगे बोले क्या उपाय है तो सब देवताओं की मीटिंग हो गई देवता सब एक तरफ बैठ गए मीटिंग होने लगी देवताओं की स्पेशल मीटिंग आपातकालीन बैठक सब देवता आपस में बैठे तो सबने चर्चा करी बोले सुनो बोले बाबा की बरात में सबसे पहले पंगत होगी बोले बोले क्यों? पहले पहले पंगत कर लो पहले खा लो भाड़ माए जो हुई है, हुई है बाद में तो पक्का पता ही है कि मिलना का छू है नहीं तो सबने मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया कि सबसे पहले पंगत होगी आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में पंगत सबसे बाद में है राम जी के विवाह में राम जी का विवाह पढ़ेंगे तो पंगत सबसे बाद में है लेकिन भोले बाबा में सबसे पहले पंगत है क्यों देवताओं ने मीटिंग करी बोले जैसे के दूले राजा सच धच करके आए हैं इस हिसाब से अगर गए तो पानी भी नहीं पूछेगा कोई अब गई बारत देवताए आगे आगे भोले बाबा सबसे पीछे रह गए भोले बाबा बोले, बोले भैया एक बात बताओ बराती तो है ही नहीं नंदी बोले जॉन हिसाब को महाराज भेस बनाए चक्कर में कौन को हो सकते बोले क्या किया जाए नंदी बोले महाराज अपने वाले अगर बराती बुला चाहो तो बुलाए ले बोले भाई अपने वाले बुलाओ अब भोले बाबा के बराती है कौन भूत प्रेत पिशाच साकनी डांकनी यक्ष राक्षस गंधर्व बेताल बोले बाबा बोले नहीं है बोला कम से कम बराती दिखाएं तो दूल्हा अकेले जा रहा नंदी ने डमरू बजाई बोले बाबा ने डमरू बजाई नंदी बाबा ने मंत्र फूंका और जोर से नंदी बोले हार जितने भूत प्रीत होते सब कैलाश पर्वत में लुके थे साक्ष घालत आ गए बोले बाबा जी बोले जे तो तुरंत ही आ गए बोले महाराज हमने बोला तो सबह पहले लिया था न्योता पहले दे दिया था पर अनुमति नहीं आपकी मिली इसलिए जो है सामने आपके प्रत्यक्ष नहीं किया बोले ठीक है छोटे चाइना वाले भूत भी आए हाँ। हाँ। चाइना वाले भूत भी आए नेपाल के भी भूत आए, आए। हाँ। करू छू करू छ्यू कर दो नेपाल के भी भूत आए महाराज वेस्ट इंडीज के भी कारे कारे भूत, लंबे लंबे आए। आए। ऑस्ट्रेलिया के कार आठ आठ फुट के अब भारत के आए अच्छा जो विदेशी भूत आए तो वे तो सत के आए भूत भी तो आए ना भाई सब आएंगे भोले बाबा की बारात केवल भारतीय के भूत थोड़ी आएंगे सब देशों के आएंगे तो सब सत धज करके आए तो विदेशी भूत सब टाई लगा कर आए तो एक भारतीय भूत ने टाई पकड़ी और खींच दी बोले क्या है ये बोले तो बता नहीं ये टाई है टाई विदेशी भूत बोला तुम इंडियन लोग टाई नहीं पहनते हो इंडियन भूत टाई नहीं पहनता है तो भारतीय लोग तो धोती परदनी पहनते हैं तो पीछे की परदनी का चमड़ा पकड़ करके बोले आपके यहाँ आगे की टाई होती हमारे यहाँ बैग टाई होती <laughs> बोले हमारे पास भी टाई लेकिन बैग टाई है हमारा भूत प्रेत प्रसाद सब आए और चली बारत अच्छा बारात अच्छा, चली शिवजी की उतर पहुंची तो पंगत शुरू हुई अब पंगत शुरू हुई तो पंगत में बड़ी झंझट भई सुनना ध्यान से पंगत में झंझट हुई क्यों को कही का पाने जीव ने बैठी तो जो परोसने वाले थे वो चिंता में पड़ गए क्योंकि भूत प्रीतों को परसे कौन एक पहले नंबर पर खड़ा हुआ एक परसने वाला तो ना आगे बढ़े ना परसे तो किसी दूसरे ने आवाज दी परसो या जाओ तो वो बोला परसे कहां बोले क्यों इनके मुड़ा ही नहीं है जो प्रेत है उसके मुख ही नहीं अब बोलो पत्थर कहां डाल तो पर्सन दूसरा वाला बोला भैया एक काम करो डाल दो अपने आप खा ले बरात नहीं बिचित मोकेता किसी के अनेक मुख हैं दूसरा वाला पर्सने वाला गया तो एक भूत के छह छह मोह मोह छ दो तीन चार पांच छसने वाला चिंता में कि पत्तल कौन सी दिशा के मुख की तरफ डाले पूरब वाले में के पश्चिम वाले में उत्तर वाले में के दक्षिण वाले में जोन बीच को बीच है उसमें क्या अच्छा शंकर जी के घर में मुख की बड़ी लड़ाई है शंकर जी के घर में मुखों की बड़ी लड़ाई और पूज्यपाद संत एक कहते थे काहे न मांगत भी फिरे घर में एक न अन्न को धेला जो मुख एक तो पूरे परे मुख ही मुख को घर ममेला बोले काय ना ये भीख मांगते परे भाई एक मुख हो तो पूर्व पर जाए अब इनके घर है तो मोई मो है मुख ही मुख है शंकर जी के घर में मुख मुख की बड़ी महिमा जो मुख एक तो पूर्व परे मुख ही मुख को घर झमेला और शीश चढ़े सहसानन है गोद गजानन बैल है तबेला शीश चढ़ा तो आप सहसानन है गोद में जो गजानन जी हैं उनका मुख भारी बड़ो है भोले बाबा की गोद में गणेश बाबा बैठे और उनका मुंह बहुत बड़ा और चतुरानन बाप शंकर जी के बाप को नाम है ब्रह्मा जी भागवत के अनुसार तो ब्रह्मा जी के कितने मुखे कितने मुख हैं चार चार हैं चतुरान बाप पंचानन आप शंकर जी के पांच मुख हैं पंचानन राजे आरती में गाते ना तो चतुरान बाप पंचानन बाप सड़ानन पूत दशानन चीला शंकर जी के पिताजी के चार मुख शंकर जी के पांच मुख लेकिन इनके बेटा ने लड़का ने और नाम बड़ो करो इनका जो पूत है जिसका नाम है सड़ानंद उसके छह मूल खड़ानन के छह मुख, इनका एक चेला हुआ एक एक ही चेला चेला, को दीक्षा दी, उसका नाम है रामन। और रामन के भी एक दो मुख नहीं। चेला। दस मुख नहीं, तो शंकर जी के घर पे मुखों की बड़ी लड़ाई है अब मुखी मुख है अब परसने वाला परस है, आई जी महाराज अब भंडारा खिलाया गया तो को के प्रेतों को तो खबाया नहीं गया देवता तो खा के हो गए प्रेतों के सामने पत्तल धरो तो तो आ जाए किसी ने कहा एक काम करो चलो दूल्हा को भोजन करवाए दूल्ही खवाद तो लेके गए आदमी दूल्हा को खिलाने के लिए अच्छा दूल्हा को खिलाने चले तो मालबुआ मोदक पुनी पर से सहसे उमंग देखे दूल्हा भेस में चार बराती संग अब दूल्हा को खबाने आए तो इनके संग है। चार बराती और है और दूल्हे के भेस में है अब सब आफत में पड़ गए बताओ दूल्हा तो एक भाव चाहिए तो, तो चार चार दूल्हा है अब कौन कौन चार दूल्हा सुनिए माथे पे है चंद्रमा सिर पर बैठी गंगा चार दूला है शंकर जी के ही भेष में माथे पे चंद्रमा सिर पे गंगा जी अरे माथे पर है चंद्रमा सिर पर बैठी गंगा गले में लटको कालो नांग गले में लटको कालो नांग भोला रंग उमंग देखें दुल्हा के भेष में चार बराती संग चार बराती अब बड़ी आपत तो हो गई अच्छा जो चार दूल्हा है दूल्हा के भेष में चंद्रमा गंगा और शंकर जी खुद और चारों के भोजन अलग अलग अब सुनिए भैया ध्यान से सुनना चारों के भोजन अलग अलग क्या है अर्घ चाहते चंद्रमा भेट चाहती गंगा चंद्रमा को अर्घ चाहिए भोजन में और गंगा जी को भेंट चाहिए अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट चाहती गंग भावत दूध भोजन भो चंगोला के प्रिय भंग चंद्रमा को अर्घ चाहिए गंग को भेंट चाहिए और दूध चाहिए नाग को लेकिन भोले बाबा को चाहिए भंग अब लो बड़ी या बाद में चारों को भोजन करवाया पानी ग्रहण संस्कार होने लगा तो पार्वती मैया आई गह गिरी से कु इधर कन्या परिग्रहण संस्कार हो रहा उधर बराती सब सोचने लगे अब टेंशन नहीं